सो so स्वागत so, करता हूँ आप सबको फिर से दोबारा मेरा चैनल लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो दीडियो तो आज हम दिखाएंगे वन दिखाएँगे चैलेंज देखते क्या होता है नहीं होता है फिर एक भाई ने कमेंट किया है कि पाँच किलो होना चाहिए कम से कम एक कोशिश करेंगे यार लास्ट तक हमारा थक रहा वीडियो खत्म होने तक हमारे साथ रहो सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करो देखते हैं क्या जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो यहाँ तो नहीं है तक नहीं मिलता तब, तब, तब खाली घूमना पड़ेगा और डर लगता है यार पता नहीं कब कौन के मर तो देगा चलो देखते है क्या होता तो नहीं अभी तक नहीं मिला है देखते हैं फिर थोड़ा लुटना पड़ेगा क्योंकि का चैलेंज है ना थोड़ा ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा को यहाँ पे भी नहीं है एक 47 है मगर हम तो नहीं ले सकते ना चलो चलो जल्दी से मिल जाए यार नहीं तो खाना कब थक देगा एक बात हो हो रही थी कि क्रिमिनल वाला इस बार बहुत ही यार सबको ज़्यादा पैसा नहीं लगी। इस थोड़ा कम खर्च में हो जाएगा कोशिश तो करोगे फिर भी अभी लॉकडाउन के पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम है अभी तक नहीं मिला यार कहीं एक ग्लोबल मिल गया सब कुछ मिल गया एम ओ भी मिल गया फिर भी गया नहीं मिला फोर है गण भी नहीं मिला बंदा भी नहीं दिख रहा है अभी बंदा नहीं दिखेगा तो अच्छा होगा क्योंकि अभी बंदा दिख गया तो मेरे को मार मार के पूरा फंसेगा तो इस लास्ट तक हमारे साथ रहो एंड देखो क्या होता नहीं होता मैं सब एक छोटी सी रिक्वेस्ट करू आपसे देखा, देखा लेफ्ट में आ गया। भागना गया से। भागो भागो भागना पड़ गया यार फिर भी यहाँ पर तो साफी भी नहीं मिला क्या करना यार समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दो एक बार छोड़ दो यार दो एक फिर एक बार छोड़ दो फिर बाद में नहीं छोडूंगा ऐसा ही होता है के लिए शेयर भी कर दो तो वीडियो को आगे बढ़ा दो गान की बात की जाए तो मतलब वो अच्छा गाना है यार फिर भी ज्यादा लोग नहीं लेके ओ भाई अभी तक नहीं मिला क्या करूँगा सिक्स मन ली पे जल्दी मिल जा। जाए मुझे मिल से जल्दी से जल्दी से बोलूंगा तो अच्छा होता सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर कर दो कर दो दो ने अभी तक नहीं नहीं किया यार भाई भाई के लिए नहीं हुआ तो तो तो वापस ले लेना मैं मैं बोलता हूं। हो गया तो तो कर दो। गया ये मिल ज्ञान भी मिला बंदा भी मिल गया क्या थैंक यू इसको कैसे मरता थोड़ा ऊपर जाने पर ओ भाई ये तो इधर से आके फिर भी मरना ही पड़ेगा नहीं तो चैलेंज होगा होगा क्या हो यार ऊपर ऊपर चल ओ भाई पीछे से आ गया थैंक थैंक यू यू लाइक किया चलो नीचे इसको कैसे? इसको है उसको कैसे मरना ही पड़ेगा नहीं तो भी खत्म हो गया पता नहीं वो नीचे क्या कर रहा है वगैरह अगर बिछा दिया होगा ना तो मेरा तो चट्टी बन जाएगी रहो और देखो क्या होता है नहीं होता है जी जी लोग अभी चैनल पे है सब्सक्राइब कर दो यार इधर एम पी फाइव ग्लोबल नहीं है इसीलिए थोड़ा तो डर लग रहा है भी कोई नहीं चलो पड़ेगा इसको कोई नहीं किसने मार दिया इसको ये बंदा मार दिया था इसका वाईफाई लॉक हो गया है है लगता नहीं तो ये मेरे को छोड़ के बात नहीं करता सो ग्लोबल मिल गया मेरे को तो भाई के लिए एक लाइक कर दो यार मैंने मैंने बनाई कोई भी गाना अगर खेलने का दिल रहा अच्छा तो भूम सकते है। थोड़ा चारों तरफ देख के खेलना चाहिए नहीं तो भू नहीं पता इसके पास तो से सब लौट लिया इस किसी को मेरे साथ खेलना है मतलब वीडियो बनाना है तो कमेंट भी बोल सकते हो आप लोग कमेंट पे अपना आईडी दे दो मैं फ्रेंड भी भेज दूंगा जो भी मेरे साथ खेलना चाहता है उसके साथ मैं वीडियो बनाऊंगा यार जिससे भी खेलना है ना तो कमेंट पे अपना आईडी भेज दे मैं उसके साथ खेलूंगा वीडियो क्रिएट भी करूंगा कुछ अच्छा खेलोगे तो गिफ्ट कुछ कर थैंक यू ने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर दिया एक भाई ने कमेंट किया है कि तुझ ऑर्डर का क्लास मैच में एक वीडियो बना दो यार तो बना दिया है जिसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है यार जाके देख लो चैनल का लिंक है वहाँ पर जाके देख लो तो शटर का वीडियो बना दिया डाल दिया मैंने तक मेरे साथ रहो देखो भैया होता है कि नहीं और एक बार मेरे को पाँच किल करना पड़ेगा नहीं तो मैं चैलेंज हार गया ऐसा चैलेंज किया था मैंने मुझे मैं सिर्फ एक किलो हुआ और साथ आया बताओ यहाँ लेव इन वन सेवन मैन सब देखा उधर एक बंदा है ऊपर है छत के ऊपर चलो और फिर से नीचे भी एक बंदा है। वो देखा देखा ऊपर देखो ऊपर वो ऊपर वो बंदा है देखा तो भाई फिर से दो किलो गया मेरा वो छुप गया साला उधर वो भाई ये अंदर घुस गया नहीं तो तीन किलो जाता तो मेरा मजा यार मेरा तो चैलेंज पूरा करने दे। सो so गाइस मेरा तीन किलो हो गया और फाइव ज़िंदा या अभी देखते हैं पाँच किलो बताया कि नहीं थैंक यू थैंक यू यू वाल वीडियो को देखने के लिए जिन, जिन को मेरे साथ वीडियो बनाना है मतलब वो अपना आईडी कमेंट कॉमेंट पर भेज दें सब जिन जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। दोनिया जिंदा है देखते बिया होता है कि नहीं इसलिए आप सबको एंड में र... तक रहना पड़ेगा मेरे साथ यार हो गया तो सबको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार में मेरे को कुछ सब्सक्राइब कर देना यार को फ्री फायर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा so जिंदा को तो मेरे को करना ही पड़ेगा ला रहा है तो देखते हैं अमाउंट थोड़ा कम होगा तो लेने की कोशिश करूँगा मैं अभी भी दो किल करना पड़ेगा मेरे को नहीं तो चैलेंज मतलब हर गायनों घर में ही फुरस्त को एक पे साल सर है और एक पे नहीं है जब भी फ्री फीवर में प्रॉब्लम आएगा मेरे को कम में बताओगे तो मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा यार मेहनत करनी पड़ेगी तो सो तो नीचे फाइट हो रहा है मैं जा, जाना ही पड़ेगा नहीं तो जान बहुत दूर है ओ हो हो सो अभी आप दो फिर से किल हो गया मेरा मतलब अभी और एक किल कर लूंगा तो मैं मतलब मेरा मैच विन हो जाएगा मतलब मैं चैलेंज किया था वो मैं जीत जाऊंगा ओह नहीं सॉरी मैं भी मरना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा अभी दो मैं नहीं छुप गया इधर से थोड़ा मैं पहले से ही चला जाता हूँ जो उनके अंदर थोड़ा यार बैठ टॉप गिर रहा ज़ोन पे जाना चाहिए पहले नहीं तो टॉप हो जाएगा तो मुश्किल हो सकते हैं इसलिए पहले ही जाना पड़ेगा पता नहीं यार कहां पे छुप के रहते हैं चलो जोन आ रहा है थोड़ा पहले से ही जोन के अंदर मैं पोजीशन लगे खड़ा रहूँगा अगर कोशिश करूँगा मैं दम लगा कर कोशिश करूँगा योग करने की जिन जी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार कर दो या के कर दो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो किसी भी गान का चैलेंज वीडियो बनाना है तो मेरे को कमेंट में बताओ मैं बना के डाल दूंगा वीडियो। थोड़ा इधर से पहले ही जाना पड़ेगा नहीं तो बिया का हो जाएगा वो इधर तो तो तो से, हाँ, से पड़ेगा टेंशन नहीं है खुद तो भरोसा रखना पहली बड़ी बात होता है क्या भरोसा रखे के खेलो तो आप कोई भी का मतलब हासिल कर सकते हो मैं भूया मार दूँगा ऐसा मेरे को लगता है फिर भी मेरे से तगड़ा प्लेयर हो गया तो फिर पता नहीं क्या होगा मैं थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ देखते ही यार भूया मरने की कोशिश करूँगा मैं ओ भाई ओ हो हो बेचारा सालनसा से उस कुछ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार कौन से जर से रहा हूँ सो so अभी एक है तो अगर भूया में कर दिया तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना लाइक भी कर देना इधर कहीं पे छुपा हुआ है साला अगर यहाँ पे मैसेज किया जा सकता ना तो मैं इसको बता देता कि भाई तू मर जा मेरे को भूया दिला दे लेकिन ऐसा नहीं होता ना फ्री फायर में कोई बात नहीं भाई मैच ग्लोबल निकाला देखा देखते हैं ग्लोबल को थोड़ा डेमेज नहीं नहीं हो नहीं होगा नहीं होगा ग्लोबल बहुत दो तीन चार तो भाई दे देखा इसीलिए ग्लोबल का काम बहुत खास होता है क्योंकि ग्लोबल नहीं रहेगा तो आप भू कभी नहीं मार सकते इतनी आसानी से इसलिए गर्ल्स आपको अभी कोई भी चैलेंजिंग अगर आप कोई भी चैलेंज कर रहे हो तो पहले ग्लोवाल को कलेक्ट कर लेना नहीं तो इतना आसान नहीं होता अगर बम से मार गया तो मैच चैलेंज हार गया थैंक यू यार नहीं मरा मैंने फंस गया यार जोन पे आ गया मेरे को ऊपर जाना चाहिए नहीं तो जोन पे मैं मर जाऊँगा भाई उठ जा वो उठ गया मुझे तो कुछ फसल ऐसा लगा तो मैं नहीं उठ पाऊँगा पूरा थैंक यू सो गाइस मैं अपना चैलेंज पूरा किया आप लोग सब्सक्राइब करो लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी करो यार कोई भी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो उस पर भी लाइक करो दो किसी भी गान का चैलेंजिंग वीडियो बनाना है तो मेरे को कमेंट पे कमेंट कर सकते हो मैं बना के डाल दूँगा